क्या आपको भी नहीं मिल पाता है पूजन का संपूर्ण फल तो दर्शकों वीडियो आपके लिए ही है अंत तक देखिएगा हम लोग पूजा पाठ में जो कुछ थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं उन पर आज हम प्रकाश डालेंगे और संक्षेप में बताएंगे कि, कि किस प्रकार से पूजन पाठ का संपूर्ण फल आप तक मिले आपकी मेहनत व्यर्थ ना जाए तो दर्शकों स्वागत है आपका हमारे चैनल अशोभिदास पर दर्शकों सबसे पहली बात तो आज हम ये बताना चाहेंगे कि पूजा पाठ में जो है आप करने जा रहे हैं मंत्रों का जाप करने जा रहे हैं या कोई पूजन आपने बैठाया हुआ है तो सबसे पहले तो आप लोग एक बात अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि एक दीपक आपको वहां पर जलाना ही जलाना है अब आप पूछेंगे कि साहब दीपक क्यों जलाना है तो सीधी सी आप बात समझिए कि कोई भी जो है चीज़ें जैसे कोई अदालत चल रही हो सपोज़ करिए तो वहाँ पर सबूत और गवाहों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और जो है किसी के समक्ष जैसे हम लोग भी केस लड़ते हैं तो वकील के माध्यम से लड़ते हैं तब वो बात जज साहब तक पहुँचती है तो सेम यही चीज़ हमारे शास्त्रों में अग्निदेव को दी गई है अग्निदेव के माध्यम से मंत्रों का जाप हो गया या पूजा पाठ हो गया वो चीज़ उन देवताओं तक पहुँचाई जाती जाती है तो दर्शकों आपको करना क्या है एक दीपक जला करके तब पूजन पाठ में आपको शामिल होना बैठना किसी भी प्रकार की पूजा करें दीपक जरूर जला की है। अब आप पूछेंगे, दीपक किस चीज का जलाएं तो आप किसी भी चीज का दीपक जला सकते हैं फिर चाहे वो देसी घी हो चाहे वो सरसों का तेल हो चाहे वो तिल का तेल हो कोशिश कीजिएगा सरसों के तेल का प्रयोग इसमें मत करिएगा क्योंकि अलग अलग विधाये होती है दीपक जलाने के लिए या तो गाय के देसी घी का आप दीपक जलाइए या तिल के तेल का जलाइए दीपक अच्छा रहेगा दूसरी हम लोग गलती क्या करते हैं कि दीपक तो जला देते हैं लेकिन दीपक जलाने के बाद उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है कौन कौन सी सामग्री होती है तो हम आपको बताए दे रहे हैं कि जैसे आपको कोई अभीष्ट कार्यों की सिद्धि करनी है या आप किसी प्रकार के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आपके नेम की स्पेलिंग में जितने भी अक्षर हों हिंदी नाम अक्षत जैसे हमारा नाम आशीष है तो तीन नाम अक्षर हुए तो तीन अक्षत अक्षत जानते हैं आ मतलब होता है नहीं और छत मतलब होता है टूटा हुआ तो जो टूटा हुआ ना हो अक्षत तो जितने भी नेम की स्पेलिंग हो जैसे सपोज आपके नाम में नेम की स्पेलिंग राम हो सकती है तो आप दो जो है अक्षत ले लीजिएगा अब आप कुछ लोग कमेंट करके पूछेंगे कि हमारा नाम कृष्ण है तो हम क्या करेंगे तो आपको तीन अक्षत ले लीजिएगा तो इस प्रकार से जो आधा नाम आता है उसको भी आपको पूरा काउंट करना है उतने अक्षत आप डालिए उसके बाद पूजा पाठ करिए अब यह चीज हो गई अब लास्ट चीज होती है हम लोग तो जब करने के बाद या पूजा पाठ करने के बाद उठ जाते हैं ऐसा कतई भी नहीं करना चाहिए उठने से पहले हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए मान लीजिए आपने मंत्रों का कोई जो है अब 108 बार कोई मंत्र आपको बोला गया है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने 108 बार शुद्ध उच्चारण किया है बीच में जो थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती गलती हो जाती है तो उसके लिए परमात्मा से परमेश्वर से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी जाती है अब जरूरी नहीं है कि आपको संस्कृत का लंबा चौड़ा जब कोई श्लोक आए या वाहनम ना जानामी ना जानामी विसर्जनम पूजाम जय व ना जाना मंत्र हीनम क्रियाहीनम भक्ति हीनम सुरेश्वरा मया देवा परिपूर्णा तद तो कोई जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा मंत्र आप लोग जो है जब करके तब आप माफी मांगे आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए भावना होनी चाहिए हाथ जोड़िए और भगवान से सच्चे मन से ये मांगिए कि प्रभु जो भी डलती है उनको अपना बालक समझ करके आप क्षमा कर दीजिएगा ईश्वर आपको क्षमा कर देंगे अंतिम चीज और बताने जा रहा है उठने से पहले अपने आसन के पास थोड़ा सा जल गिराइए इंद्राय नमः सक्राय नमः बोलते हुए अपने नेत्रों पर आप लोग लगाइए या आप विष्णवय नमः भी बोल सकते हैं तो ये प्रयोग दर्शकों आप लोग करिए क्योंकि तमाम नवरात्रि हुई दीपावली हुई और क्या कहते हैं आपका तमाम ग्रहण पड़ जाते हैं शिवरात्रि हुई गणेश चतुर्थी हुई तमाम लोगों को देखते हैं कि पूजा पाठ जब खूब करते हैं लेकिन उनका फल नहीं मिलता है हमारे जो तमाम दर्शक हमसे कुंडली के लिए बात भी करते हैं तो उनको भी हम ये चीज़ बताते हैं तो ये चीज़ आपको जो है अपने दिनचर्या में बैठानी होगी आपको पूरा फल मिलेगा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और इस वीडियो को जम कर शेयर करिए क्योंकि अधिक से अधिक लोगों का ज्ञानार्जन होना चाहिए दीजिए अपने इस को इजाज़त और हाँ अपनी जन्मकुंडली का विशेषण करवाने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विशेषण करवा सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस प्रोग्राम को देगा दीजिए इजाज़त तब तक के लिए não é mais caro